कोई एसिड किसी को ट्रांसफर कर दे तो इसका मतलब यह हुआ कि वो उसकी बिलोंगिंग से निकल गया एक शख्स उसके पास एक घर है घर इज वर्थ फाइव हंड्रेड थाउजेंड पाउंड अगर वो घर अपने पास ही रखता है तो वो जब मरेगा तो वो घर उसकी विरासत में उसकी विल में डेथ स्टेट में चला जाएगा लेकिन उस वक्त जो भी उसकी वर्थ होगी वो वर्थ करोड़ों रुपए की हो चुकी होगी पाकिस्तानी हिसाब से बात की जाए तो पाउंड में बात की जाए तो फाइव थाउजेंड वाली 20,000 20,000 पाउंड हो चुकी होगी दो लाख वाली चीज आप खरीदते हैं तो वो कुछ अर्ज के बाद दो करोड़ की हो जाती है 20 साल के बाद 25 साल के बाद तो वो डेथ स्टेट की वैल्यू है। में बहुत हाई रेट के ऊपर उसके ऊपर टैक्स लग रहा होगा फिर यह बात जहन में रखी जाए कि आर एनआरबी भी टेपर्ड होता है ये भी प्रॉब्लम है तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या हम वो प्रॉपर्टी बच्चों को लाइफ टाइम में दे दें तो अगर वैल्यू इंक्रीज हो जाती है कभी ना कभी तो उसको डेथ स्टेट के अंदर जाना ही है ना तो क्या होगा और अगर वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो क्या होगा लेट्स सी दि चार्जेबल अमाउंट ऑफ लाइफ टाइम गिफ्ट व्हिच माइड बी सी और पेट इस कैलकुलेटेड एग्जाम वगैरह माइनस करने के बाद आता है, है। वो उसी time के ऊपर हो जाता चार्जेबल चार्जेबल ऑन द डेथ ऑफ द डोनर तो वो जो चार्जेबल अमाउंट होता है वो उठाकर हम पैट और सी की डेथ की वैल्यूएशन में लेकर आ जाते अगर वैल्यू इंक्रीज होती है ट्रांसफर से लेकर डेथ के दरमियान बिटवीन द डेट ऑफ द गिफ्ट एंड द डेट ऑफ द डेथ देन इट टू बी इग्नोर लिव इट एक एसेट आपने हाउस ट्रांसफर किया जिस वक्त ट्रांसफर किया उसकी वर्ड दो लाख पचास हजार थी वो डेथ के ऊपर टैक्सेबल हो गया उस वक्त वो पांच लाख का हो गया आप टैक्स देंगे ढाई लाख दो इंक्रीज इन वैल्यू इग्नोर कर दो सवाल ये पैदा होता है अगर वो घर दो लाख पचास हजार का था और वो एक लाख पचास हजार का हो गया तो क्या किया जाएगा चार्जेबल अमाउंट ऑफ दिस्यू रिलीफ लेकिन ये रिलीफ हासिल करने के लिए यू हैव टू सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन ये कंडीशंस याद करनी बेनिफिशियरी है, वो उसकी के ऊपर उसको ओन कर रहा हो या और अगर ओन नहीं कर रहा उसने बेच दिया इट वॉज सोल्ड इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन बिफोर द डोनर्स डाइट क्या होती है मार्केट वैल्यू कनेक्टेड पार्टीज को नहीं बेचा रीजनेबल रीजनेबल्यू चली थीबल वैल्यू के ऊपर बेचा अगर किसी रिलेटेड uh, पार्टी को बेचा और आर्मस लेंथ में नहीं बेचा तो ये रिलीफ आपका गया तो आपको नहीं मिलेगा अच्छा कुछ प्रॉपर्टी बाय नेचर ऐसी होती हैं जो जो विद है पैसेज ऑफ टाइम इनकी वैल्यू होती है जिसे होती होती है, होती है, है। अमोर्टाइज तो उसके ऊपर ये नहीं नोट दिस रिलीफ जिसेबल प्रॉपर्टी विदिक लाइफ ऑफ फिफ्टीज डेप्रिश हो रही होगी जो खुदबा खुद वैल्यू फॉल होती है ना उनके ऊपर ये ये रूल रूल एप्लीकेबल एप्लीकेबल नहीं हाँ, जो फॉल फॉल हो हो जाए किसी वजह से उनके ऊपर जाता है इन वैल्यू कंडीशंस आ गई दो हमारे पास ऑपरेशन ऑफ द रिलीफ ये रिलीफ काम कैसे करता है द रिलीफ ऑपरेट्स बाय रिड्यूसिंग दार्जेबल अमाउंट बाय द फॉल इन वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द डोनी The fall in value is the difference. ये formula बन जाएगा fall in value निकालने का. The difference between the value of the asset, the date of gift, suppose चार लाख ,00 value थी. The value of the asset at the time of death, या sale if earlier. For example, ये value हो गई थी तीन लाख. So fall in the value is one hundred thousand. अब आप इस 100,000 को चार्जेबल अमाउंट में से पहले निकाल दें और निकालने के बाद जो वैल्यू बच जाएगी उसके ऊपर आप डेथ वाली कैलकुलेशन अपनी कर सकते हैं तो आपको इसका फायदा क्या होगा इसका फायदा ये होगा कि आपकी जो चार्जेबल वैल्यू होगी वो रिड्यूस हो जाएगी और अल्टीमेटली आप उसमें वैल्यू को मिनिमाइज कर सकते हैं सो इट इज बेनिफिशियल फॉर इन वैल्यू इज बेनिफिशियल Right. Note that which conditions? Are, this relief applies to both PAT and CLT. Death state के लिए नहीं है ये. ये lifetime के लिए है. It's applicable on lifetime. So it trust के लिए भी beneficial है. और individual के लिए भी beneficial है. Only affect the calculation of the IHT on that one gift. आगे नहीं carry forward होगा. कि हर जगह वो फॉल इन वैल्यू जा रही है वो वैल्यू आगे किसी और ने फॉरवर्ड की किसी और के पास चली गई किसी की डेथ स्टेट उसमें कोई अफेक्ट नहीं आ रहा तो ये जो फॉल इन वैल्यू का जो बेनिफिट मिल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ डेथ के वक्त हमारा होगा मटीरियलाइज हो गया देअ चार्जेबल अमाउंट इज एक्यूमुलेटेड एंड कैरी फॉरवर्ड टू कैलकुलेट दरबीक्वेंट इवेंट अब मसल देखिए ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट पड़ा हुआ था किसी का चार लाख फॉल इन वैल्यू हो गई बाय दो लाख तो डेथ स्टेट के ऊपर तो वैल्यू डेथ uh, के ऊपर तो वैल्यू दो लाख पे टैक्स लग रहा है लेकिन जब हम लुक बैक सेवन ईयर्स देखेंगे किसी भी आगे वाली कैलकुलेशन के लिए तो हम ओरिजिनल वैल्यू पे फोकस करेंगे हम ये फॉल इन वैल्यू वहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे तो इसका आसान तरीका ये है कि फॉल इन वैल्यू को एट द टाइम ऑफ डेथ जो टैक्स कम्पिटिशन है उसके लिए असिस्ट किया जा रहा है उसको बाकी माहौल में आप इसको इग्नोर करें ये नॉर्मल सी बात है